ऑफ ऑफ मीडिया, ग्लोबली अपडेट्स 24 7 minutes. आज हम खड़े हैं हैं, परिवार, कि क्लब पे तमाम छोटे-छोटे बच्चे और बड़े और बड़े बुजुर्ग पदाधिकारी पर तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्य को और विस्तार से समझते हैं और जानते हैं जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी तमाम नौकरियों को सहते हुए अपना एक परिचय का परचम और ज्ञान का लोहा जो आज विश्व को मनवाया है ये किसी परिचय का मुहताज नहीं है इसी चीज़ों से चीज़ों को और तथ्य को स्पष्ट जानने के लिए आइए हम हॉल में प्रवेश करते हैं और आपसे आप सभी से रूबरू करवाते हैं धन्यवाद साथी सॉल्विंग के ले बने आगे ना चला ट्रैक्टर फिर से ए सब हमारा मुखिया दीदी आशा न अनुरोध करते मैं जाना प्रसाद आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म फेरसल करना चाहती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म फोर्टीन अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामाजी मालाजी संपाल और माता का नाम हीमाबाई था अपने माता पिता के चौदहवीं संतान के रूप में जन्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे भीमराव अम्बेडकर का जन्म यानी हुआ था, जिसे लोग अछूत और वर्ग मानते थे। बचपन में के के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप में गहरा भेदभाव किया जाता था और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में मऊ छावनी की सेवा की थे भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे 1894 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेवा निर्वित हो गए। मैं मैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ तो हमें बताइए कि आज ये बाबा भीमराव अंबेडकर का एक जन्म जयंती पे आप लोगों का क्या है समारोह क्या है उस पर थोड़ा एक बार प्रकाश डालिए हम लोग पहली आ, बार आ, आ, पर, आ, आ, आपका शुभ नाम हमारा नाम डॉक्टर चंद्रमोहन आपका स्वागत है पहली बार बाबा साहेब अम्बेदर का जन्मदिन मना रहा है जो समारोह होता हुआ आगे आशा है जो हम लोग विस्तृत रूप से इस बारे में चर्चा करेंगे और विशेषकर उन छात्रा छात्राओं को भारत के संविधान के बारे में अवगत करेंगे कितने वर्षों से आप लोग ये अमुक्त परिवार के छत्र छाया में इस तरह का कार्य को कर रहे हैं आप हम लोग का शौक तो उन्नीस तो, साल से ही है लेकिन इस बार प्रथम बार हम लोग एक सौ तो बत्तीसतम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती मनाने का कार्य शुरू किए हैं और भविष्य में प्रत्येक तो वर्ष ही हम लोग इसको मनाएंगे और बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छा रूप से भव्य रूप से मनाने का आने वाला समय में चेष्टा करेंगे आपका नाम और डेजिग्नेशन मेरा नाम अनिल प्रसाद अनिल कुमार प्रसाद है मैं एक शिक्षक हूँ धन्यवाद आप हमें बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम से हमारे भावी भविष्य को बच्चों को क्या इसका फर्क पड़ेगा थोड़ा इसके बारे में बताइए देखिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था करने के लिए हम लोग का हम उसका परिवार मैं हमका परिवार का वाइस प्रेसिडेंट हूँ आपका स्वागत है आपका आपका नाम क्या है मेरा नाम प्रदीप छेत्री है नाइनटीन एटी में ये स्थापित हुआ था आ, अंडर दोशल एक्टर ऑफ द वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट लेकिन हम लोग का हम परिवार का थोड़ा आपको बता देंगे कि आ, लोग तो हम लोग सोशियल वर्क में अगर मान गए नजबंदे हम लोग अमूठ पर सैग्रेटी तरह हमें प्रथमपल्ट अमृता को जन्म जयंती हम मना हम ए गर्वक्रुरा हो हमीर तो अमृतसर के जन्म जयंती मना पाए जान पड़ने हम ढिल भो तरह भी हम सुरू गये राम यो महान व्यक्ति को जन्म जयंती माँ फिर हमी एकदम गर्वी छूँ खुशी छूँ और साँच नहीं देखि हम लोग बाबा साहेब डक्टर अम्बेडकर को वहाँ ने जो संविधान लो संविधान आधारमें हमें यहाँ देश चल रखी वहाँ लम सलाम कर रहा हो मर गए वहाँ भारत रत्न को जो सम्मान पाया गर्व हो रहा ज्योष व्यक्ति हमें भूल्हुन रहा डक्टर अम्बेडकर को भाई हम मेरा नाम राज सिना रही प्रकार को वक्तव्य देखिए बोले लो जो प्रकार के वक्त्यता मेरे खास उद्देश्य के होने आज हम महान चार तो झन सा तो पैलो वैशाख जो सदै उसने हमें आज त्याग था फसलन होने के बेल त्याग आज हम महान एकजा अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर दस के ज्यादा भारतवर्ष्टी ठूलो देश का संचालन करने संविधान बनाने भाव वहाँ लाइन सम्मान दिखा हम आपका परिवार अभी गए मेरे मन में सदै फसल क्यों भैन वहाँ होता उ वहाँ जो प्रकार संविधान मात्र बन बनाएन तर वहाँ से जुन प्रकार को अपमान सहे सज को अपमान सहर जो साहस दिए आज सारा भारतवर्षला सा चलाने जो साहस मानवता दिए उसे काम करे इस प्रत्येक नानी स्कूल में एवटा सब्जेक्ट अम्बेदकर के विषय में होने कुरो राख्छू प्रत्येक नानी आज सोच अमेरिका को खो को हो खोचिंदन तो नानी परिचय कराई अम्बेदकर के विषय में सुना को लगी जिस ठूल काम कर आज भारतवर्षला संचालन भैराक काम करने मचे परिचय हम प्रत्येक नानी छाइन ना। इस संचालन अभी बढ़ाने को निम्ति हमी प्रत्येक स्कूल में एवटा सब्जेक्ट अम्बेदकर के विषय में होस् ये मैं अम्बेदकर के विषय मैं होना यहां का महान व्यक्ति अरुण हमीरते जाने के प्रत्येक ने कोई के कोई के मा कोई के योर छोटो में विशेषकर अम्बेडकर अब भारत तो वर्षालन करने अम्बेडकर के विषय में सब्जेक्ट हो क्यों हम लोग आए हैं यहाँ पे दिखन दिखन दिखन दिखन दिखन दिखन दिखन? क्या नाम है आपका किस क्लास से पढ़ते हैं बड़ा हो क्या बनने का आपका लक्ष्य है आई एम प्राउड ऑफ यू डेफिनेटली आप बनोगे चलिए अपने दीदी के लिए बिग हैंड दीजिए भीमराव अंबेडकर जी क्या किए थे हमको कौन बताएगा बोल बोलिए नहीं आप नहीं आप छोड़ के आप बताइए कौन बताएगा हमको बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था हाँ यस यस कमन कमन क्या नाम है आपका युवराज तो बताइए युवराज कि बाबा ओ ग्रेट आई एम प्राउड ऑफ यू सो एनीथिंग मोर यू नो अबाउट हिम ओके सो वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन द कमिंग फ्यूचर जन्म जयंती कि आज जो उसमें अवहेलना है जाति पार्टी ये रिस उठे आई तो मत सामने देखिए जाति पार्टी को विरोधी दे अंदर घर में तो हमी सद हम संस्कार घर में छे अंदर जो फरक अ वर्तमान परिस्थिति में जात भात के क्या धे हमारे मन में क्या आज के जातौ जो के तो इस अलिकती सालों जात को पढ़े उसे के हम आनो हमी आती प्रथा जाती प्रथा कभी होता है राजा है राजा ने तोा भाटे भाजी स थी थी एक सौ आप सभी के साथ समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के किए हुए कार्यों के बारे में एक कविता के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ चौसठ विषय में परंगत धर्मशास्त्र समाजशास्त्र और मानव विज्ञान एक साहब जन्मे थे जिन्होंने किया देश का उत्थान पूर्ण विवाह सम्पत्ति में अधिकार समान अमीर गरीब आदिवासी पिछड़े दलितों को दिलाया समान भोट का स्वाभिमान भिन्न भाषाएं और भिन्न राज्य अनेक संस्कृति और सभी धर्मों को दिया स्थान दो वर्ष ग्यारह महीने 18 दिनों में सौंपा हम भारत के लोगों को बीस संविधान एक साहब जन्मे थे जिन्होंने किया देश का उत्थान आर्थिक समृद्धि राष्ट्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अखबार पत्रिका 25 से ज्यादा न्याय मंत्री व स्वतंत्र चुनाव